मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीआईएस समिट के संबंध में यूएसए के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से चर्चा की शिवराज ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सभी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया उन्होंने कहा निवेश के लिए जो चीजें चाहिए वह सारी मध्य प्रदेश में है इस मौके पर कई बड़े उद्योगपति मौजूद रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीआईएस समिट के संबंध में यूएसए के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से वीसी के माध्यम से चर्चा की जिसमें उद्योगपति जितेंद्र मुछाल राकेश भार्गव पुनीत सिंघल आबिद नीमचवाला अमित भंडारी सुनील नायक सुधीर पारिक हेमा जी समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा भरपूर है बिजली सड़क पानी सहित उद्योग के लिए समस्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं मध्य प्रदेश पावर सरप्लस राज्य है हम मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतरीन काम किया है लगातार इस सेक्टर पर हम फोकस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शांति का टापू है पहले चंबल में जहाँ डाकू थे वही अब हम वहाँ अटल प्रोग्रेस बना रहे हैं उन्होंने कहा आप सभी निवेशक मित्रों का मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश है हम हार्टलैंड ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं देश के दिल है। देश के के दिल मध्य में स्थित है और मध्यप्रदेश वन संपदा खनिज संपदा जिसका जिक्र संतु साहब ने भी किया जल संपदा जनसंपदा तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रदेश सीएम शिवराज ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सभी को आने का न्योता दिया उन्होंने कहा आप मध्य प्रदेश घूमने भी आइए आपका स्वागत है निवेश के लिए जो चीजें चाहिए वह सारी मध्य प्रदेश में है हमारे पास डेढ़ लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक है जमीन की कोई कमी नहीं है उसका नाम आपने सुना ही होगा देश में तो जाने जाता दुनिया में जाने जाता हमारा बासमती राइस यूएसए और कनाडा में भी धूम मचाता है हमारा जो अन्य का उत्पादन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है मनीष ने आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर्स में हम कैसे बेहतर काम कर रहे हैं देखिए मध्यप्रदेश में निवेश क्यों हर एक जानना चाहता कुछ चीजें ने बताई लेकिन मैं फिर एक बार जोर देकर कहना चाहूं। शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश इन्वेस्ट फ्रेंडली प्रदेश है निवेशकों की राह में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है लेपर्ड स्टेट है और अब हम चीता स्टेट भी हो गए हैं मध्य प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में अनेक कंपनिया यहाँ काम कर रही है आगे बढ़ाया और मैनमेड फाइबर और रेडीमेड गारमेंट्स अपने फोकस का क्षेत्र बनाया मुझे बता दो के पिछले चार पांच वर्षों में चाहे पंजाब से हो या साउथ से हो त्रिपुर से, से जितनी बड़ी रेडीमेड गार्मेंट्स की अलग अलग कंपनीज है टेक्सटाइल के क्षेत्र की कंपनीज है पंजाब से भी सारी मध्यप्रदेश आई है वो वर्धमान हो ट्राइडेंट हो अलग अलग त्रिपुर की यूरस भी काफी हो रहा है। सेक्टर में, सेक्टर में। मैं ये मानता हूँ कि जो पॉलिसीज है हमारी बाकी विशेषता मैंने बताई जमीन की उपलब्धता से लेके पावर की उपलब्धता से लेकर उसको बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सबसे लिबरल और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी के कारण लोग यहाँ निवेश कर रहे हैं भारत के तो कई कंपनियां आ ही रही हैं हमारे यूएसए के मित्र भी यहाँ निवेश कर सकते हैं विस्तार से पॉलिसीज़ के बारे में हम आपको पेन ड्राइव भी भेजते हैं और जब आप यहाँ आएंगे तब तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे मध्यप्रदेश टाइगर स्टेट तो पहले से ही था लेकिन हम टाइगर स्टेट भी हैंट भी है बलचर स्टेट भी है और अब चीता स्टेट भी हो गए सचमुच में अद्भुत प्रदेश है प्रदेश जिसमें निवेश की अपार संभावना है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाते मैं और पूरी टीम लगातार ये प्रयत्न कर रही है क्योंकि तो मध्य प्रदेश इसके पहले कृषि के क्षेत्र में काफी आगे माना जाता है